हाय व्यवेर जी डी दमदार टेज चैनल में आपका स्वागत आज हम आपको बताएंगे एक नई ट्रिक तो दोस्तों ट्रिक है कॉल आउट बारे में कॉल आउट कैसे थंबनेल में लगाते हैं थंबनेल में लगाने के लिए कॉल आउट कहाँ से डाउनलोड करते हैं तो चलते हैं शुरू करते हैं आज का वीडियो कॉल आउट कैसे डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है उसके बाद सर्च बार में जाएंगे सर्च बार में टाइप करेंगे कॉल आउट ये देखिए कॉल आउट पी एन पर क्लिक कर देना है यहां पर देखिए दोस्तों ये वाला कॉल आउट पी एन आ गया है यहां क्या करते हैं डेस्कटॉप साइट को ऑन कर देते हैं तो दोस्तों यहां से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो सिंपली क्या करना है यहां पर देखिए यहाँ पर ऑल इमेज न्यू वीडियो शॉपिंग मोर तो दोस्तों यहाँ इमेज पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों हमारा कॉल आउट पे एन आ गया आपका कौन सा कलर चाहिए वो कलर सर्च बार में टाइप कर दो आपको मिल जाएगा तो दोस्तों सिंपली यहाँ क्या करना है कॉल आउट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एक कलाउट पर क्लिक करना है ये देखिए मैं एक कलाउट को क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर ये देखिए दोस्तों ये मेरा दूसरा पेज खुल गया यहाँ राइट साइड ये बड़ा वाला पेज पर ये पीएनजी पर हम क्लिक करते हैं ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है डाउनलोड लिंक कॉपी लिंक एड्रेस यहां पर नहीं करना है यहां पर क्या करना है यहां पर देखिए डाउनलोड इमेज यहां पर क्लिक कर देना है यहां पर देखिए दोस्तों फाइल डाउनलोडेड इसको हम ओपन कर लेते हैं ये देखिए दोस्तों ये मेरा कॉल आउट डाउनलोड हो गया